द स्टडी आज हम जिस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं या डिस्कशन करने वाले हैं वो है राजस्थान का एकीकरण एक पोलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान द स्टडी चेन राजस्थान एकीकरण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इसी टॉपिक या इसी टॉपिक के बारे में पढ़ना अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आगे से आगे नॉलेज बढ़ पाए तो का एकीकरण है वो बहुत ही लंबा है सबसे ज्यादा आई थिंक सबसे ज़्यादा ही उससे मिलान में लगाया सात चरणों में पूरा हुआ है राजस्थान का एकीकरण तो जब राजस्थान का एकीकरण जब आज़ाद भारत से पहले घोषणा की गई थी कि मतलब 1945 में कि जब इंग्लैंड जुलाई 1945 में एंग, एंग, जब इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री वूल चर्चिल के स्थान पर क्लिमिन एंडलिंग की जो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी तब तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जी जो क्लीमेंट एंडली जो थे वो संसद में 20 फरवरी उन्नीस को की गई थी एक महत्वपूर्ण घोषणा जून अड़तालीस सौ जून तक भारत को की शासन व्यवस्था भारत के हाथों में सौंपनी थी तत्कालीन गवर्नर जो थे वो जो थे वो लॉर्ड बैरल जो इंग्लैंड को वापस बुलाया गया और उसके स्थान पर लॉर्ड माउंटन भारत आए और वो यहाँ के जो हैं वो वाइस और गवर्नर जनरल बनाया गया माउंटन ने देश के साम्प्रदायिक उत्माद से बचाने के लिए स्वतः संरक्षण के कार्य शीघ्र करने के लिए यह प्रस्ताव ब्रिटेन संसद में तीन जून तीन जून उन्नीस को स्वीकृत किया ब्रिटिश सरकार ने पुष्टि होती माउंट एटरिन को चार जून उन्नीस को भारत विभाजन की घोषणा करती। दी चार जून उन्नीस को भारत के विभाजन की घोषणा की जिसमें प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश सरकार पंद्रह अगस्त उन्नीस को सत्ता हंसल कर देगी पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को देश आज़ाद हो गया स्वतंत्रता भारत अधिनियम उन्नीस सौ सैंतालीस की धारा आठ के तहत सभी देसी रियासतों को ब्रिटिश ब्रिटिश प्रभुक् को समाप्त कर दिया जाएगा और देशी रियासतें यह अधिकार सुरक्षित रखा गया कि वे या तो भारत संघ में विलय हो या पाकिस्तान में विलय हो या अन्यथा आप स्वयं स्वतंत्र घोषित कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी के मसले मसले को हल करने के लिए पाँच जुलाई 1947 को लो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व तो, तो में रियासत तो विभाग की स्थापना की गई यह स जो विभाग था उसके गठन किया गया उसके सचिव जो बने थे वो वीपी मैनन बने थे सरदार पटेल ने स्पष्ट किया कि देशी रियासतें 15 अगस्त उन्नीस से पहले ही भारत संघ में विलीन हो जाए देशी रियासतों के सार्वजनिक हित में तीन जो हित में जो सार्वजनिक जो तीन चीज़ें थी वो उन्होंने मांगी थी कि आप अपनी रक्षा संसार और विदेशी मामले भारतीय संघों को सौंप दें ताकि विश्व में वे, बाकी सभी विषयों में वो स्वतंत्र हैं बीकानेर के नरेश थे मतलब राजा शार्दुल सिंह ने सात अगस्त उन्नीस को भारत में विलय किया ऐसा करने वाले ये प्रथम देशी शासक थे इसके बाद चौदह अगस्त उन्नीस में लगभग सभी देशी रियासतों ने जो हैं वो भारत संघ में विलय हो गए उसके बाद जो राजस्थान की जो थी वो कम से कम उन रियासतों को पृथक अस्तित्व रख रख सकती है जिनकी वार्षिक आय जो थी वो एक करोड़ और जनसंख्या दस लाख से अधिक हो या उससे अधिक हो राजस्थान में कुल चार बड़ी रियासतें थीं जो मतलब जयपुर बीकानेर उदयपुर जोधपुर आदि इन शर्तों को पूरा कर सकती थी इसीलिए वो अपना स्वतंत्र बना सकती थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में उन्नीस रियासतें और तीन चीफ कमिश्नरी ठिकाने चीफ कमिश्नरी जो ठिकाने थे वो थे कुशलगढ़ लावा निम्रना और चीफ कमिश्नरी द्वारा प्रश्नित अजमेर प्रदेश में विभक्त था चीफ कमिश्नरी आई I मीन mean, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे जो, मैं, जो कामिश्न या जो गवर्नर जनरल उनका सीधा जो था वो प्रभाव था सरदार पटेल आग्रह व दबाव के फलस्वरूप एक एक रियासतों को विलिंग करने में एककृत राजस्थान का गठन मार्ग प्रदर्शित किया एक नवंबर उन्नीस को वर्तमान स्वरूप जो है वो राजस्थान को प्राप्त हुआ था अब हम देखेंगे कि राजस्थान की जितने चरणों में पूरा हुआ सभी चरणों को विस्तारित रूप से जानेंगे प्रथम चरण जो था प्रथम चरण जो है उसे जो उसे जाना गया मत्स्य संघ अठारह सौ मार्च उन्नीस सौ सैंतालीस को इसे मत्स्य संघ बना था जिसमें अलवर भरतपुर धौलपुर करोली रियासत वह चैन जो चिप कमिश्नरी थी निमराना को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एन गाडेल द्वारा किया गया महाराजा तोलपुर उदय भान सिंह ने को राजप्रमुख मत्स्य संघ का राज और महाराजा करोली को उपराजप्रमुख और अलवर के प्रजामंडल के प्रमुख नेता श्री शोभावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया और अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया सेकेंड जो चरण था द्वितीय चरण जो था उसमें जो जो जिले जो यहाँ रियासत जो शामिल थी बांसवाड़ा मुंडी डूंगरपुर जालावाड़ कोटा प्रतापनगर टोक किशनगढ़ और शाहरापुर और चीफ और कमिश्नरी कुशलगढ़ को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया जिसके जो थे राजप्रमुख वो महाराजा महाराव भ्रीम सिंह जो कोटा के महाराज थे और मुंदी के महाराज बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख और प्रोफेसर गोकुललाल ओस्वा को प्रधानमंत्री बनाया गया और कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया ये जो मतेसरा राजस्थान संघ का जो ये गठन हुआ वो पच्चीस मार्च 1948 को हुआ इसके बाद जो तृतीय चरण आता है जिसमें उदय राजस्थान की उदयपुर रियासत का विलय संयुक्त राजस्थान के निर्माण में हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं इसका उद्घाटन किया और महाराणा मेवाड़ भोपाल सिंह को राजप्रमुख और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री उदयपुर को इस राज्य की नई नए राज्य की राजधानी बनाया गया जिसे संयुक्त राजस्थान का गया और अठारह अप्रैल उन्नीस को यह संयुक्त राजस्थान बना था जिसके जो पहले जो महाराज प्रमुख थे वो थे महाराणा भोपाल सिंह और इसके बाद जो आता है चतुर्थरण चतुर्थरण में जो है वो जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर को विलय कर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में विस् राजस्थान का उद्घाटन किया 18 अप्रैल 1948 को इसके अलावा 19 जुलाई 1948 को केंद्र के आदेश पर पश्चिम कमिश्नरी जयपुर को शामिल किया गया और इसके जो महाराजा प्रमुख थे वो समय मान आजीवन के राजप्रमुख थे उसके सिवा उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया कोटा के बिमरा को उप्रमुख और हेरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया वृहत राजस्थान का जब वृहत राजस्थान जो बना था वो तीस मार्च उन्नीस सौ उनचालीस को इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है राजस्थान दिवस मनाया जाता है पांचवा चरण है भारत सरकार मत्स्य संघ और बृहद संघ को मिलाने हेतु तो शंकर देव की समिति का गठन किया जिसके सिफारिश पर मत्स्य संघ और बृहद राजस्थान को मिला दिया गया इससे कहा गया संयुक्त बृहत राजस्थान जो पंद्रह मई उन्नीस को दोनों आपस में मिलकर एक संयुक्त अब आता छठा चरण छठा चरण जो होता है वो मत्स्य संघ में जो सिरोई का विलय करना था के प्रश्नों पर राजस्थानी ने गुजराती नेता आपस में ही भिड़ गए कि मतलब काफ़ी मतभेद थे कि राजस्थान कह रहे थे कि हम सिरोई को अपने और रखें और गुजराती कह रहे थे हम अपने और रखें गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने व अन्य ने नेता उन्हें बम्बई प्रांत में मिलाने हैं तो दबाव दबाव बना रहे थे जबकि राजस्थानी नेता ने सिरोई को राजस्थान का अंग बनाने हैं तो थे अठारह जनवरी उन्नीस को सिरोई विभाजन हुआ और आबू और दलवाड़ा जो है वो बम्बई प्रांत में रखा गया और बाकी सारा श्रेष्ठ जो बचा हुआ सिरोई था वो राजस्थान में मिलाने का फैसला किया गया इस पर जो राजस्थान वासियों थी उनकी प्रतिक्रिया को वर्ष बाद के के इन्हें में देना पड़ा छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को संविधान लागू होने पर राजपुताना के इस इस विधिवत राजस्थान नाम दिया गया छब्बीस जनवरी 1950 को राजस्थान नाम दिया गया पूरे राजपुताने को और इसी गया इसी को राजस्थान कहा गया जनवरी 1950 को इसे राजस्थान कहा गया ठीक है और बात है सातवां चरण सातवां चरण एक नवंबर उन्नीस का था राज्यों के पुनर्गठन आयोग के जो जो अध्यक्ष जो, जो, जो, जो थे वो थे फैजल अली की गठित की गई थी जिसमें सिफारिशों के अनुपार सिरोई का आबू रोड जो है वो क्षेत्र राजस्थान में मिला गया और झालावाड़ जो झालावाड़ का कुछ सिरोज क्षेत्र है वो एम में मिला दिया गया इसी तरह विभिन्न चरणों से गुजरते हुए राजस्थान जो है वो पूर्ण वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया एक नवंबर उन्नीस को कारण में जो थे वो कुछ जैसे सात सब क्षणों में ये पूरा एकीकरण एक जो है उसको इस से तो मैंने समझाती दी और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जैसे कि बांसवाड़ा के जो महारावल थे चंद्र सिंह उन्होंने राजस्थान के विलयपत्र पर साइन करते हुए ये कहा कि मैं अपने डेथ वॉरेंट पे साइन कर रहा हूँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत तीन क्षणों के राज्य थे ऐश्रेणी वे राज्य जो पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के नियंत्रण में थे इनके प्रमुख जो है वो राज्यपाल कहलाएं जैसे कि ब्रिटिश सीधा ब्रिटिश नियंत्रण में थे जब बिहार वगैरह जो भी थे वो सीधे इनके नियंत्रण में थे इसलिए बीस श्रेणी में जो थे वो वे राज्य जो स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों से मिलाकर बनाया गया इनके जो प्रमुख है वो राज प्रमुख कहलाए गए इसलिए राजस्थान में राज ज्यादा ही राजप्रमुख बनाए गए क्योंकि इसमें रियासतें थी और रियासतों को मिलाकर बनाया गया उसके बाद जो शी ग्रेट के श्रेणी के जो राज्य थे वो थे बहुत ही छोटे छोटे राज्य जो पूर्व में ब्रिटिश चिप ऑफ कमिश्नर की प्रांत थे जैसे शिपम कमिश्नरी का जो प्रांत नहीं थे जयपुर थे उसके बाद निमराना आती और अजमे उमेरवाड़ा जो सीधे शिपोम कमिश्नरी थे उन्नीस में संविधान के शांति द्वारा ए बी श्रेणी में जो भेदभाव था मतलब जो राजप्रमुख और राज्यपाल वाला जो था वो हटा दिया गया और ए श्रेणी को ही रख दिया गया कि राज्यपाल ही कहनाएंगे और महाराज प्रमुख का जो पद था वो हटा दिया गया इसी और इसी तरह आपको और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक पर आपको अगर जाना हो तो जरूर कमेंट करें शेयर करें और लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू